वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आप लोगों को लैपटॉप सूचना के बारे में यहां पे एक जानकारी देने जा रहा हूं जो कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में लैपटॉप किस डेट में डिस्ट्रीब्यूशन होना है इसकी एक पी लिस्ट मेरे पास में है जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ ये पी लिस्ट मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट की है अब अब इसमें देखेंगे कि किन किन आई के नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं द फाइनल लिस्ट ऑफ आई टी आई मिर्जापुर क्रम संख्या प्रोग्राम आई संस्थान का नाम डिस्ट्रीब्यूशन का दिनांक डिवाइस टैबलेट की कुल संख्या मोबाइल नंबर हस्ताक्षर अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में किन किन आई को लैपटॉप टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है उसकी यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है अब हम देखेंगे कौन कौन सी आईटीआई, टी -आई। सिंह मौर्य प्राइवेट आईटीआई, मिर्ज़ापुर ये जितनी भी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई -आई हैं सभी के नाम दिए गए हुए हैं और इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन का दिनांक दिया गया है पाँच अप्रैल दो को इन सभी आई टी -आई टैबलेट तथा कुल डिवाइसेस की संख्या जो दिख रही है आपको ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे और यहाँ पे टोटल जो टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं वह चार लैपटॉप टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे जिसकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी हुई है अब हम इस तरीके से अगर ये लिस्ट आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करिए मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले उन कैंडिडेट्स को ये मालूम चल सके कि उनकी आईटीआई टी में किस डेट में टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है यही जानकारी आपके साथ साझा करनी थी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो